हेलो फ्रेंड मैं सचिन मेरे चैनल एस के आर में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम व्हाट्सअप बिजनेस का कैसे यूज़ करें फ्रेंड व्हाट्सअप बिजनेस का अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी शॉप है या कोई भी बिजनेस है उसमें आपके कस्टमर्स हैं ऑर्डर्स हैं तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें आप मेनटेन कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट जरूर करना मैं रिप्लाई करूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई भी शॉप है जिसमें आपके कस्टमर्स ऑर्डर्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी पड़ती है तो फ्रेंड उसके लिए आप व्हाट्सएप बिज़नेस का यूज़ कर सकते हैं उसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं कैसे यूज़ करेंगे उसको हम देखते हैं अब व्हाट्सएप बिज़नेस पर जाएँगे आप थ्री रॉड पर जाएंगे लेबल्स पर जाएंगे, जाएंगे या फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग लेबल बना भी सकते हैं लेबल में जैसे कुछ लेवल्स यहाँ सो भी हो रहे हैं ऑर्डर पेड ऑर्डर कंप्लीट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप प्लस पे जाएंगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेबल बना लेंगे जैसे हमने कस्टमर लिस्ट बना लिया सेव पे क्लिक करेंगे ये लेबल बनके के यहाँ सेव हो गया अभी फ्रेंड आप बैक जाएंगे हाँ फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे सभी लेवल के लिए अलग कलर शो ऑफ हो रहा है जो भी आपके मोबाइल में कस्टमर ऐड हैं आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे आप मल्टीपल भी सलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे ये पहले आपने कस्टमर लिस्ट में ऐड कर लिए तो यहाँ सेलेक्ट किया फ्रेंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कस्टमर लिस्ट के लिए पिंक कलर है फिर आप सेब पे क्लिक कर देंगे इन दोनों के आगे पिंक कलर ऐड हो गया मीन्स ये दोनों कस्टमर ऐड हो गए अभी आप कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे अब सपोज़ एक कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया है आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे इसने कुछ ऑर्डर किया है ऑर्डर वाले को सिलेक्ट करेंगे कस्टमर तो ये पहले से है तो इसको हटा देंगे ऑर्डर के आगे येलो कलर है आप यहाँ से सेव करेंगे इस कस्टमर ने ऑर्डर किया है मीन्स ये येलो कलर में हो गया आप फिर से इस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे अब इस कस्टमर ने अगर पेड कर दिया है ऑर्डर तो हो ही गया है इसको अनसेलेक्ट करेंगे पेट का ये कलर है आप देखेंगे और सेव करेंगे अभी इसका पेट का ये कलर हो गया है इसने पेट कर दिया है फिर से यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे इसका ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया है तो पेट तो हो चुका है इसको अनसिलेक्ट करेंगे ऑर्डर कंप्लीट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर के आगे ग्रीन कलर है आप सेव करेंगे अभी ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है आप यहाँ से देख के डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी कि इसका पेमेंट कम्प्लीट है आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कस्टमर्स की लिस्ट बना सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली देख के ही समझ जाएंगे कि उसका ऑर्डर किस स्टेट में है